गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर नु रघुवर विमल जसू जोदायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुर पमन कुमार बल बुधि विद्या देर हुविक हु लोक जागर राम दूत अतुलित बलरामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार समि के संगी कंचन वरण विराज सुबेश कानन कुंडल कुंडित केसा हाथ बज्र और ध्वजा कांधे कांझे बूझ जनेू साजे शंकर सुवन के शरीन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यवान गुणी अति चादुर काज करे को आ तुम प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही देखावा विकट रूप धरि नंग जरावा भीम रूप असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शि उर् रघुपति की बहुत पढ़ाए तुम मम प्रिय भरत ही समाई सहस भगन तुम्हरो जस गावे अस कहीं श्री पथि लगावे लगा दे सन का दिख ब्रह्मादि मुहिसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिग पाल जहाँ दे कभी को विद कही सके कहा तुम उपकार सुक्री बही थी राम मिलाय राज पद दीना मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस जो जन परू लीलोताही मधुर फल जानू प्रभु मूत्रिका मेले मुख माही जल दिलागी रजनागी दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखबारे भूत नार्जन पैसारे सब सुख लरे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना अपन तेज सहारो आपे तीनों लोक हाथ देखा पे भूत पिशाचन कट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे न ना से रोग हरे पत निरंतर हनुमत दीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पराप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ के दाता स बर दीन दान की माता राम रसायन तुम्रे पासा सदा रहूं रघुपति के दासा तुम्र भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंतकाल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय और देवता न धरई हनुमत से सर्व सुख कर संकट कट मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा जय जय जय हनुमान गोसाए कृपा कर गुरु देव की ना जो सत बार पाठ कर सोए जो टही बंदी महा सुख हो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय से सा हो गौरीसा तुलसीदास सदा हरी चेरा थ जय महाेरा जी जयनाथ जय महा दय बसऊ सियावर राम पद जय शरण रम जय श्रिया राम जय